21 मार्च के दिन जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर पे जाके फ्री फायर गेम को सर्च करोगे तो आप सभी को एक बहुत ही मस्त वाला सरप्राइज मिलने वाला है यस yes, आप लोग बिलीव नहीं करोगे ये देखो वालों ने न्यूज सेक्शन में ये क्या नोटिस भेजा है डाउनलोड फ्री फायर ट्वेंटी 21 मार्च लेकिन ट्वेंटी मार्च के दिन आखिर फ्री फायर के साथ होने क्या वाला है इसके बारे में जानने से पहले तुम्हें से जो भी अभी, के अभी इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा उसकी शादी इससे होगी तो देख लो जल्दी लाइक करो और कहीं अगर आप लोग भी अनलिमिटेड स्क्रेच कार्ड स्क्रेच करके फ्री फायर गेम में फ्री में टॉपअ करके डायमंड लेना चाहते हो तो जल्दी से पिन कमेंट वाले लिंक पर क्लिक करो फिर इस फ्री बटन पे क्लिक करके ग्रीन कलर के स्टेपन वाले बटन करो और जो भी ऐप खुलो उसको डाउनलोड एंड रजिस्टर करके बैक आउट और सेम इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप, स्टेप सेवन तक एप्लीकेशन का डाउनलोड एंड ध्यान से रजिस्टर कर लो और फ्री स्क्रैच कर लेने के लिए इस कलेक्टर पर क्लिक करके अपना ईमेल सबमिट कर दो और जो भी बंदे अभी कभी वेबसाइट पर जाकर सब स्टेप कम्प्लीट करेंगे उनको चार का रेडिंग कोड एक्स्ट्रा मिलेगा तो जल्द जाओ किस मार्च के दिन फ्री फायरिया में रिटर्न आ सकता है लेकिन इसका नाम चेंज हो सकता है और भी बहुत कुछ होने वाला तो रेडी